हेलो डियर स्टूडेंट्स मैं हूं हूदेव सिंह और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री गुरुजी चैनल चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक फिर हम वही पढ़ेंगे अपना पुराने वाला बैच ही बी एस सी ईयर इन केमिस्ट्री का और जो आज हमारा लेक्चर है वो हमारा लेक्चर है वीबीटी से ठीक है तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम वी पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं वी तो वी को किसने दिया था वी को दिया था पोलिंग में ठीक है कब दिया था नाइनटीन में और इन्होंने क्या बताया था इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बताया था ठीक है किसका सेंट्रल मेटल आयन का ठीक है नी इन ग्राउंड स्टेट इन बॉन्डिंग इन जोमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स द मेन पोस्टुलेट आर हैजोस और जो इनके मैन पोस्टुलेट थे वे इन्होंने कुछ इस प्रकार से नीचे भी दिए गए हैं ठीक है थीके? तो मैं आपको यहाँ दोबारा एक बार बता देता हूँ जो बैलेंस बोन्ड थोड़ी थी जो वी के नाम से भी जानी जाती है ये ओलिंग ने दी थी 1913 में ठीक है और इन्होंने इसमें क्या समझाया था इन्होंने इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इस समझाया था सेंट्रल मेटल आयन का अब ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग में और जोमेट्री में और इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ठीक है और इसके जो मैन पोस्टुलेट्स हैं वे कुछ इस प्रकार हैं जैसे कि जो पहल का पोस्टुलेट्स है उसे पढ़िएगा द बेसिक असेम्पसन ऑफ विविट दैट इसका जो सबसे बेसिक असेम्पसन है वो क्या है द सेंट्रल मेट देंट्रल मेटल लिकेंड बोंड अराइज बाई द डोनेसन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो सेंट्रल मेटल आयन और लिकेंड के बीच में जो बोंड बनता है वो किस कारण से बनता है वो बनता है डोनेशन ऑफ पेयर से ठीक है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान देने से मेटल और लिकेंड के बीच में एक बोंड बनता है ठीक है ना टू देंट्रल मेटल आइटम और आयरन पहला पॉइंट हमारा इसका जो पॉइंट था वो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया है चलिए अब इसका देखते हैं दूसरा पॉइंट पहला पॉइंट समझ में नहीं आया तो चाहिए आप एक बार फिर दोबारा ध्यान से समझ लीजिएगा मैं आपको एक बार फिर से बोल देता हूँ इन्होंने अपना फर्स्ट पॉइंट दिया था वो इनका फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बोंड बनता है वो बोंड बनता है लिगेंड द्वारा इलेक्ट्रॉन दान देने के कारण ठीक है फिर इसके बाद में इनका पॉइंट है टू डिपेंडिंग अपॉन द टोटल नंबर ऑफ बोंड टू द formed by the central metal ion can use their atomic orbitals s p and d for हाइब्रिडाइजेशन and give a set of equivalent orbitals called hybrid orbitals ठीक है तो यहाँ से तो आप इसे समझ गए होंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में जो भी orbitals use होंगे वे सब क्या कहेंगे hybrid orbitals कहलाएंगे और जितने orbitals hybrid में भाग लेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे ठीक है इसका मतलब तो नीचे से ही आएगा अब यहाँ समझिएगा यहाँ समझाया गया है टोटल नंबर ऑफ बोंड कि जो बोंड का टोटल नंबर होगा वो कितना होगा ठीक है तो बोंड का टोटल नंबर होता है जितने एस पी और डी ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बनने में जितने एस पी डी भाग लेंगे ठीक है पार्टिसिपेट करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बनने में वही क्या होगा उसका कोर्डिनेसन नंबर होगा ठीक है इसमें आराम से लिखो अभी आप यहाँ से देख भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टोटल नंबर ऑफ बोंड टू बी फॉर्म्ड देंट्रल मेटल आयन कैन यूज देयर एटोमिक ऑर्बिटल्स एस पी एंड d फॉर हाइबिटाइजेशन हाइबिटाइजेशन के लिए एस पी या डी ऑर्बिटल्स जितने यूज होते हैं वही क्या होता है कोर्डिनेशन नंबर होता है और वो इक्वल होता है किसी के कोऑर्डिनेट बोंड के एंड गिव दटिक्यूवेलेंट ऑर्बिटल्स और जो Equivalent orbitals होते हैं जो समान ऊर्जा के होते हैं वे क्या कहलाएंगे वे कहलाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हाइब्रिटाइजेशन के बाद बनते हैं ठीक है चलिए अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंट इन्होंने क्या दिया था ठीक है तो पॉइंट नंबर अगला देखते हैं वह हम इनका ए वीकली गेंड लाइक एच जैसे कि वीक लिगेंड है कोई एच टू ओ विल नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ मेटल और मेटल आय कोई जो वीक लिगेंड होगा वो मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा ठीक है फिर अगला देखिएगा यहाँ इसमें वे हर एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड जबकि स्ट्रोंग लिगेंड लाइक Cn- OH- आदि विल मेक अनपेड इलेक्ट्रॉन पेयड और जो स्ट्रोंग लिगेंड होंगे जैसे कि Cn- है OH- है ठीक है इस टाइप के वे क्या काम करेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयड कर देंगे ठीक है अकेले इलेक्ट्रॉन का भी जोड़ा बनाने में सक्षम होंगे ठीक है ये देखिएगा एक एग्जाम्पल हमने लिया है विल रिमेन एज सच वेन H2O ओ इज लिगेंट जब H2O कैसा होगा एक लिगेंट के रूप में जुड़ा हुआ होगा तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा हुंड के नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू हुनस लो और इसमें अगर किसी कारणवश इसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंट जुड़ जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉनिक जो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होगा वो होगा अपोजिट हुस लो ठीक है हुंड के नियम के अपोजिट होगा जैसे कि यहाँ आपको दिखाया गया है यहाँ कैसे हैं हमने के नियम के अनुसार भरे हैं और यहाँ के नियम से अलग हमने इलेक्ट्रॉन में भरे हुए हैं चलिए अगला पॉइंट इसका समझते हैं इफ़ देयर आर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स द कॉम्प्लेक्स इज सेड टू बी पैरा मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक मूवमेंट इज गिवेन बाई एन इन वो रूट एन एन प्लस टू बी एम वेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इफ द कॉम्प्लेक्स हैज़ नो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स देन इट इज़ सैड टू बी डाई ध्यान से समझिएगा मैं आपको समझा देता हूँ इसमें लिखा हुआ है कि यदि अनपेड इलेक्ट्रॉन है कॉम्प्लेक्स में तो वो कैसा होगा वो होगा अनुचुंबक ठीक है थीके? जैसे कि इसमें हमने लिखा हुआ है कि पैरा होगा ठीक है वो पैरा होगा अगर उसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है ठीक है और अगर हमें उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना होगा तो इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे अंडरूट एन एन इस वाले फॉर्मूले से ठीक है बी बराबर बोर मैग्नेटोन होता है ये एक यूनिट है किसकी मैग्नेटिक मोमेंट की और अगर किसी कारण उसमें उसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं पेयड हैं तब वह है कैसा होगा डायमैग्नेटिक होगा याद रखिएगा अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरा होगा और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तब जाके डाई होता है अगला पॉइंट समझेंगे इसका अगला पॉइंट है द सेंट्रल मेटल एटम और आयन में यूज़ इनर एन माइनस वन डी ओरबिटल और आउटर एन डी ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन जो सेंट्रल मेटल एटम है वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए अंदर के एन माइनस वन डी ओरबिटल का भी यूज़ कर सकता है और बाहर का जो एन डी ऑर्बिटल्स हैं उनका भी यूज़ कर सकता है ठीक है इस टाइप से ये कितने हो जाएंगे टू टाइप्स में डिवाइडेड हो जाएंगे इनर ओरबिटल कॉम्प्लेक्स में और आउटर ओरबिटल कॉम्प्लेक्स में ठीक है इनर का मतलब एक अंदर का डी ऑर्बिटल होगा उसके बाद में एस और पी उपस्थित होंगे और जो भाहया होगा जो आउटर ऑर्बिटल होगा उसमें सबसे लास्ट में डी ऑर्बिटल्स होगा एस और पी कहाँ होंगे अंदर होंगे जब आप इनके कॉम्प्लेक्स को समझोगे मैं आपको वहाँ समझा दूंगा कि किस प्रकार से इनर हुआ है किस प्रकार से आउटर हुआ है वो हम समझ पाएंगे इसके जब हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे इसके स्ट्रक्चरल में ठीक है तो चलिएगा अब हम इसमें पढ़ते हैं इनका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये तो ये वे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें d ऑर्बिटल्स कौन सा होता है एन माइनस वन डी जिनमें एन माइनस वन डी ऑर्बिटल्स यूज होता है कि जो बाहर की सेल है उससे एक बिल्कुल जस्ट अंदर की सेल का ठीक है यहाँ लिखा हुआ भी है द कॉम्प्लेक्स विच हैव यूज इनर डी ऑर्बिटल दैट इज एन माइनस वन डी ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल एटम और आई एन फॉर बोन फॉर्मेशन आर कॉल्ड एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स दिज कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म बाई स्ट्रॉन्गली गैन लाइक सी एन माइनस एन एच थ्री टी सी दिज कॉम्प्लेक्स आर डायमेगनेटिक और कंटेन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स या अनपेड नंबर ऑफ अनपेड ठीक है तो इन्होंने इसमें हमें यह समझाया है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं इस प्रकार के इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इनमें एन माइनस वी वन डी ऑर्बिटल का यूज होता है और बोंड इसमें ठीक है सेंट्रल मेटल आयन और एटम फॉर बोंड फॉर्मेशन ठीक है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए अंदर के डी ऑर्बिटल का यूज इसमें होता है और इसमें जो लिगेंड होते हैं वे होते हैं जैसे कि सी और एन थ्री जब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो इनमें जो लिगेंड होते हैं वे कैसे होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिस कॉम्प्लेक्स आर डायमैग्नेटिक ये डायमैग्नेटिक होते हैं और कंटेन लेस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स और इनके पास में बहुत ही कम चांस होते हैं कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इनके पास में उपस्थित हों ठीक है चलिए अब इसका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी समझ लेते हैं हम यहाँ तो हमने एक पॉइंट इसमें पहले वाले का ही एक पॉइंट बचा हुआ है इलेक्ट्रॉन 102 ओ टू दीज आर आल्सो कार्ड लो स्पिन और स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स जिनके पास में एक या दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम बोल देते हैं क्या लो स्पिन या स्पिन पेड कॉम्प्लेक्स चलिए अब इसका अगला पॉइंट पढ़ते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स के बारे में हम जैसे पहले वाला हमने पढ़ा था उससे ही हम इसमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे उसी टाइप से हम उनमें जो डी कॉम्प्लेक्स यूज़ हो रहा था वो डी कॉम्प्लेक्स था अंदर का और इनमें जो डी कॉम्प्लेक्स जी सॉरी जो डी ऑर्बिटल यूज़ होगा वो यूज़ होगा बाहर का ठीक है तो इसमें लिखा हुआ भी है द कॉम्प्लेक्स विच यूज आउटर डी ऑर्बिटल ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन आर कार्ड आउटर ओरबिटल कॉम्प्लेक्स ये वे कॉम्प्लेक्स कम्पाउंड होते हैं जिनमें बाहर का डी ऑर्बिटल्स क्या करता है भाग लेता है काय में कॉम्प्लेक्स कम्पाउंड के बनने में और ये क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनमें जो लिगेंड होते हैं वे कैसे होते हैं वीग लिगेंड होते हैं जैसे कि Cl- Br- ठीक है और ये रखते हैं लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ठीक है दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एंड आर कार्ड हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स ये कैसे होते हैं हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स दिस कॉम्प्लेक्स आर लेस स्टेबल ये कम स्टेबल होते हैं दैन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के साफेक्स .6 पढ़ेंगे अब हम इसका इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सॉरी पढ़िएगा इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुन रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लेक्सिटी इज स्ट्रिक्टली फॉलोड तो इसमें जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे इनमें हुन का रूल लगेगा और चलेगा भी ठीक है तो याद रखिएगा जो हमने ये वाला पॉइंट पढ़ा था इसमें इनमें जो हन का रूल है वो कैसा होगा लागू होगा ठीक है मगर जो हमने पहले वाले पढ़े थे उनमें उनका रूल लागू नहीं हो रहा था यहाँ होगा चलिए VBT apply to octahedral, octahedral complex तो वी जो VBT है ये तीन प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स होंगे थ्री टाइप्स ऑफ जो कॉम्प्लेक्स होंगे उनमें यूज होगी एक जो इनका कॉम्प्लेक्स होगा वो होगा ओक्टा हेड्रल कॉम्प्लेक्स एक होगा इनका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स और एक इनका होगा टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स हम हर किसी के दो दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे और थ्योरी बहुत ही आसान आगेगी केवल आप एक को ध्यान से समझिएगा हर किसी में सेम कंडीशन से ही इनकी स्ट्रक्चर और जो भी इनका कंडीशन है वो सब हुई वही है ठीक है तो पहले हम पढ़ेंगे ओक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स तो ओक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में टू टाइप्स होंगे इनके एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा चलिए देखिएगा दीज कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड आइदर बाई डी टू एस ठीक है तो इनमें जो हाइब्रिड होता है वो कौन सा होता है डी टू एस हाइब्रिडाइजेशन होता है ठीक है सिंस d2, टू डी एक्स टू वाई टू एंड डी जेड टू ऑर्बिटल्स लाइक डायरेक्टली इन द पाथ ऑफ लिक और ये जो ये वाले ये जो इनके ये वाले हैं क्या d ऑर्बिटल्स ये सीधे बिल्कुल एकदम पाथ में आ जाते हैं किसके लिक के जिस कारण इनमें कौन सा हाइब्रिटाइजेशन होता है ये वाला दीज ऑर्बिटल आर यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ आयदर कॉम्पलेक्स और ये यूज होते हैं काई के लिए इन कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए द फॉर्मेशन स्ट्रक्चर सेफ एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ सम ऑफ ओक्टा कॉम्प्लेक्स गिवन लो अब हमने कुछ की जो कुछ कॉम्प्लेक्स की जो ओक्टा कॉम्प्लेक्स हैं इनकी जो जोमेट्री है या इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है सेफ हैं मैग्नेटिक मूमेंट है वो हमने आगे निकाल रखा है तो चलिए पढ़ते हैं इसका हमें एग्जाम्पल फर्स्ट तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने है लिया हुआ इसका एफ ई आउट ऑफ ब्रैकेट अपर फोर माइनस ठीक है <coughs> देखेगा तो सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि इसमें जो हमारे पास में मेटल आयन है वो कौन है ठीक है और उसका एटॉमिक नंबर क्या है तो चलिए अगर पढ़ते हैं इस वाले एग्जांपल को हम यहाँ से लेटस्ट कंसिडर द केस ऑफ एफ ई सी ठीक है इस केस को कंसीडर करते हैं इन दिस कॉम्प्लेक्स इस कॉम्प्लेक्स में ठीक है आयन इज प्रजेंट एज़ Fe 2+ इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो आयन है वो कौन है Fe2+ है हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस प्रकार सा है ये जो उपलने वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है ये किस में है ये ग्राउंड स्टेट में है और जो निचलने वाला है ये इसका ये इसका एक्साइटेड स्टेट में है ठीक है याद रखिएगा एक्साइटेड स्टेट में अब हम सबसे पहले ग्राउंड स्टेट के लिए बना लेते हैं तो हम जो अपने ऑर्बिटल्स बनाएंगे वो लास्ट के सेल्स के लिए ही बनाएंगे ठीक है जैसे कि ये देखिएगा इसमें ये वाला खाली है कितने हैं इसमें डी के पास में सिक्स इलेक्ट्रॉन है जबकि डी टेन इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है यहाँ बात करेंगे किसकी 4s की इसके पास में दो हैं तो एक, एक एक्स्ट्रा भी बना के चलिएगा ठीक है एक फोर और एक फोर और ये हमें थ्री के इलेक्ट्रॉन दिखा दिए इसमें छः और एस में दिखा दिए दो इलेक्ट्रॉन्स फिर हम चलिए तो फिर इसमें देखते हैं अब हमारे पास में जो कॉम्प्लेक्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये इनर ऑर्बिटल ओक्टा कॉम्प्लेक्स है क्यों क्योंकि इसमें अंदर का d ऑर्बिटल यूज़ हो रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन में ठीक है बाहर का यूज़ नहीं हो रहा है एक प्रकार से क्या है डाई है डाई क्यों है क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन्स के क्या बने हुए हैं जोड़े बने हुए हैं ठीक है ठीके? और यहाँ हम बात करेंगे इसमें तो ये कैसा है हमारे पास में लो स्पिन भी ये है ठीक है जिसमें जो डायमैग्नेटिक होगा सॉरी जिसमें लिकेंड कैसा होगा इस्ट्रॉन्ग होगा वो कैसा होगा लो स्पिन और जिसमें वीक होगा वो कैसा होगा हाई स्पिन ठीक है और इसकी जो जो तो मेट्री होगी वो कुछ इस टाइप्स की हो जाएगी ठीक है चलिए अब हम देखते हैं इसका जो हमारे पास में इसका अगला एग्ज़ाम्पल है वो ठीक है तो चलिए अब इसका अगला एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं अगला एग्ज़ाम्पल हमारे पास में है Fe ई एफ सिक्स थ्री ठीक है ये भी हमारे पास में एक ओक्टा कॉम्प्लेक्स ही है तो इसमें भी हमने पहले की जैसे ही थोड़ी लिखी हुई है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे Fe का और एफ ई टू थ्री का भी देख लेंगे क्यों क्योंकि इस पर कितना आ रहा है थ्री माइनस इसका मतलब इसमें जो हमारे पास में मेटल आयन है वो कौन है एफ ई है ठीक है इस टाइप का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा ग्राउंड स्टेट में देखेंगे तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ हमारे पास में इस टाइप से होंगे और एस में कितने होंगे यहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे फी खाली रहेगा बात करेंगे जब हमने हमारा बन जाएगा एफ थ्री प्लस तो डी में से भी एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और एस के दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे ठीक है तो इस टाइप से हमारा आ जाएगा कब एफ थ्री प्लस वाली कंडीशन में मगर हम यहाँ बात करेंगे किसकी एफ माइनस की तो जो माइनस लिकैंड है वो एक कैसा लिकेंड है वीक लिकेंड है ठीक है तो यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगी ठीक है तो यहाँ जो हंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का जो कॉन्फिग्रेशन होगा वो नहीं होगा ठीक है जैसे हैं वे ऐसे के वैसे ही वे रहेंगे तो यहाँ 3D में इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे पांच के पांच ही रहेंगे 4S में इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4P में भी जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन किस में चले जाएंगे 4D में तो यहाँ हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा सबसे पहले कौन आया है एस में कोई इलेक्ट्रॉन है कितना है एस एक ही ऑर्बिटल यूज हुआ है तो ऐसे रन देंगे पी के कितने ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं तीन डी के कितने ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं दो तो हाइब्रिटाइजेशन हो जाएगा एस D2 टू हाइब्रिड डाइजेशन ठीक है ये आउटर ऑर्बिटल ओक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स है क्यों क्योंकि इसमें बाहर का डी ऑर्बिटल यूज हो रहा है ठीक है तो याद रखिएगा ओक्टाहीड्रल कॉम्प्लेक्स तो ये है ही हमें केवल ये बताना था कि इनर है या आउटर है तो ये कौन सा है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये फिर ये पैरामैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक है किस कारण से क्योंकि इसमें एक दो तीन चार पाँच पाँच कैसे हैं इसमें पाँच इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसा है हाई स्पीन क्यों क्योंकि इसमें जो लीक है वो कैसा है वीक है चलिए बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा अब हम VBT की बात करेंगे किसके लिए जो हमारे पास में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है ठीक है तो ये जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैं वे दो प्रकार के होंगे एक तो होगा हमारे पास में सीधा सीधा ठीक है ये हमने उसकी बात करी है जिसमें कॉम्प्लेक्स इनका जो नंबर होगा वो कितना होगा वो होगा फोर तो एक तो हमारे पास में आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर और दूसरा हमारे पास में आ जाएगा इसमें इसके बी पॉइंट में टेटरा हेडल स्क्वायर प्लेनर में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होगा dsp2 और टेटरा में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होगा sp3 ठीक है तो चलिए अब हम पहले इसमें समझते हैं स्ट्रक्चर डिपेंडिंग अपॉन दा हाइब्रिडाइजेशन दिस कैन बी एक्सप्लेन बाई फॉलोइंग एग्जाम्पल तो जो स्ट्रक्चर होगा वो उनके हाइब्रिडाइजेशन पर ही डिपेंड करेगा तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है इसमें Ni सी का होल फोर टू माइनस ठीक है तो इसमें हमने ये देख लिया ये हमारे पास में एक कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसमें जो कॉम् ये है क्या नाम मेटल आयन वो कौन है निकल है और आयन कौन से इसमें एन टू प्लस है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में ऐसा होगा और एक्साइटेड स्टेट में ऐसा होगा हमने देखा कि एन का इलेक्ट्रॉनिक इंडिया पहले ऐसा था फिर ग्राउंड इसके एक्साइटेड स्टेट में इसके दो इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसमें से हमने इसके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेज दिए देखिएगा डी में अब भी वैसे के वैसे इलेक्ट्रॉन हैं जैसे पहले थे अब हम हे देखेंगे जो सी एन हमारे पास में लिगेंड है वो कैसा है तो सी एन कैसा है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो बैक बॉन्डिंग होगी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा यहाँ जाएगा चलिए देखिएगा अगली स्लाइड में वहाँ से आपको पता चल जाएगा तो बैक बॉन्डिंग होगी इलेक्ट्रॉन वापिस आ गए हैं और और जो हमारे पास में Cn जुड़े हुए थे Cn के कितने लिगेंट जुड़े हुए थे Cn के हम यहाँ हमारे पास में चार लिगेंट जुड़े हुए थे ठीक है एक दो तीन चार तो क्या है हमने भर दिए एक दो तीन चार तो यहाँ D का कितना यूज हुआ है एक और S का एक है और P के कितने हैं दो तो तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा dsp2 तो यहाँ जो हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन हो गया है वो क्या है डी है इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस टाइप्स का हो जाएगा ठीक है अब बात करेंगे किसकी सी का होल फोर टू की इस कॉम्प्लेक्स में जो हमारे पास में कंपा वो सॉरी ये हमारे पास में है मेटल आयन वो है सी यू टू प्लस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कुछ इस टाइप का होता है जब ये सी यू टू प्लस बनाएगा तो D में इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे नाइन तो D में कुछ इस टाइप से इलेक्ट्रॉन होंगे जब सी यू टू प्लस बनेगा तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अब याद रखिएगा एक इलेक्ट्रॉन्स जो है इसका यहाँ से चला गया ठीक है यहाँ पहले इसमें कितने थे गलत बड़ा हुआ यहाँ कितने थे इसमें टेन अब ये सही है ये वाला सही है मगर ये गलत था तो यहाँ दस थे एक इसमें से चला जाएगा एक इसमें से तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे इसके पास में नाइन रह जाएंगे हर किसी की ज्योमेट्री ऐसे ही चलती हुई जा रही है चलिए ठीक है तो इसके पास में नाइन रह गए, तो जो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट का वो कहाँ चला गया है इसमें लास्ट में तो इसमें भी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा हो गया है डी एस और ये भी एक प्रकार का हमारा कैसा है इनर ऑर्बिटल स्क्वायर और कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अंदर का इसमें डी यूज़ हो रहा है इसकी संरचना जो होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी अब बात करेंगे इसकी थोर्टिकल में हमने इसमें नीचे लिखा हुआ भी है क्या हुआ था इसमें ये इलेक्ट्रॉन एक बाद में कैसे चला गया इन दिस केस वन अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ थ्री ऑर्बिटल इज प्रमोटेड टू फोर पी ऑर्बिटल सो दैट वन एम पी ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन एस हाइब्रिडाइजेशन ए सो ब्लो से समझिएगा इसमें जो डी एस हाइब्रिडाइजेशन आया हुआ है वो इस कारण से आया हुआ है कि इसके जो इस वाले ऑर्बिटल्स का यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन जो था इस ऑर्बिटल्स में जो आया हुआ था यहाँ वो जंप करके कहाँ चला गया है फोरपी में ठीक है और जो हमारे पास में जो जितने भी हमारे पास में ये थे लिगेंड इनके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं वे डी से भरना शुरू हुए है हैं और एक डी में एक एस में और दो पी में वे हमारे पास में यहाँ भर गए हैं चलिए बात करेंगे इसकी जब टेट्रा कॉम्प्लेक्स के लिए वी बी होती है तो एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास में है सी तो 2- में में में है? है, और सीयू के ऊपर है? तो है अब याद रखिएगा अगर यहाँ टू आया हुआ है तो इसके ऊपर टू प्लस होगा और अगर ये टू प्लस लिखा हुआ टू माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब इस पर टू प्लस है मगर यहां थ्री माइनस लिखा हुआ तो, तो कितना वन प्लस चलिएगा एग्जाम्पल में सही कर लेंगे इसकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट हम यहाँ दिखा देंगे तो याद रखिएगा यहाँ केवल एक ही प्लस आया हुआ है इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास में एक कंपाउंड बना हुआ है सी यू सी एल टू इसके ऊपर कितना आया हुआ है थ्री माइनस इस कम इसकी इस कमी को दूर करेंगे ठीक है तो ये ग्राउंड स्टेट में ऐसा होगा और ऐस में कितना होगा केवल एक इलेक्ट्रॉन जब ये सी बनाएगा तो जो इसका एस का एक इलेक्ट्रॉन था ये चला रहेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन ये अपना डोनेट कर देगा तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे इसके दस रह जाएंगे इस टाइप से अब बात करेंगे किसकी Cl की तो Cl क्या है यहाँ एक लिगेंड है एक लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर हमें देगा तो एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा s में और तीन किस में चले जाएंगे तीन p ऑर्बिटल्स में और हाइब्रिटाइजेशन हो जाएगा sp3। ठीक है टेटरा एडल कॉम्प्लेक्स होगा कैसा होगा डाई होगा और कैसा होगा हाई स्पीड ठीक है इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो कुछ इस टाइप्स की होगी देखिएगा यहाँ चार्ज सही आया हुआ है थ्री ठीक है थ्री माइनस चलिएगा इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ हमारे पास में है एन आई सी ओ का होलपुर इस पे कोई चार्ज नहीं है अगर मैं बात करूंगा सी की तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता चार्ज कितना होता है इस पे जीरो तो इस वाले कंपाउंड में निकल पे कोई भी चार्ज नहीं होगा ठीक है निकल का कोई आयन नहीं बनेगा जैसे ग्राउंड स्टेट में रहेगा ऐसा ही बात तक भी आपको दिखाई दिया जाएगा तो यहाँ हमने फोरेस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन ले रखा है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हमने यह सो कर रखा है चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं इसकी ये भी यहाँ गलत भरा हुआ है डी में कितने हैं आठ और एस में कितने हैं तो चलिए ऐसे सही कर देंगे ठीक है पहले इसे सही कर लीजिएगा यहाँ आपको दिखाना है एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है यहां भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहाँ केवल एक इलेक्ट्रॉन है ठीक है इस टाइप से भरा जाएगा छह और दो आठ क्योंकि डी में कितने इलेक्ट्रॉन है आठ है एस में कितने हैं तो अब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है ये अब इसका सही है पहले जाया हुआ था वो कुछ गलत लिखा हुआ था अब ये सही है चलिए चलते हैं इसके अगली स्लाइड में तो जो हमारे पास में यहाँ है सीओ लिगैंड वो एक कैसा है स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो बैक बाउंडिंग हो जाएगी सभी का जोड़ा बन जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन में किस में भर जाएंगे चलिए अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम्पल टू की तो यहाँ हमने एक एग्ज़ाम्पल एक और लिया हुआ है इसमें जेड का होल फोर और टू प्लस तो यहाँ जो जेड पे चार्ज है वो कितना है टू प्लस ठीक है सॉरी प्लस ठीक है जीरो मत समझिएगा तो जेड को दिखाएंगे ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस टाइप से होगा और फिर दिखाएंगे टू यू प्लस में टू प्लस में तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ इस टाइप का होगा मगर याद रखिएगा ये भी यहाँ गलत लिखा हुआ है यहाँ कितना आ जाएगा डी के पास में टेन रह जाएंगे ठीक है इस टाइप से ग्राउंड स्टेट में होगा और एक्साइटेड स्टेट में होगा तो यहाँ कितने रह जाएंगे इसके पास में दस के दस ही इलेक्ट्रॉनिक्स पास में बचे हुए रह जाएंगे जब इससे बनेगा जेड एन एन का होल फोर टू प्लस तो इसमें डी तो कंप्लीट रूप से फुलफिल्ड है जो लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन से किस में जाएंगे फोर एस में जाएंगे और फोर पी में जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किस में रह जाएगा फोर एस में और तीन किस में चले जाएँगे ये फोर पी में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा एस हो जाएगा ये हमारे पास हो जाएगा टेट्रा कॉम्प्लेक्स डाई हाई स्पीड इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा और यह है इसकी लिमिटेशन ठीक है द मैग्नेटिक दिस थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द ऑप्टिकल एब्जोर्पसन स्पेक्ट्रा एट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्डिनेशन कंपाउंड ठीक है कोर्डिनेशन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये कब इस्पेक्ट्रा में ठीक है कब ऑप्टिकल एब्जोर्पसन स्पेक्ट्रा में इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है उसे दिखाने में ये फेल हो जाती है कौन वी ठीक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को ये ऑप्टिकल एब्जॉर्बसन इस्पेक्ट्रा में नहीं दिखाती है फेल हो जाती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन मेटल आयन इज टोटली अनसेटिसफैक्ट्री और जो कॉम्प्लेक्स आयन है वे कैसे होते हैं इसके टोटली अन सैटिस्फैक्ट्री जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल इसमें लिया हुआ है सी फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इन डी स्पेक्ट्रा डी हाइब्रिडाइजेशन इज ऑबटेन बाई द फॉर्मेशन ऑफ वन थ्री इलेक्ट्रॉन्स टू हायर लेवल दिस शुड लीड टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सी यू टू प्लस टू सी यू थ्री प्लस ए प्रोसेस विच इज वेरी रेयर ये प्रोसेस कैसा होता है बहुत ही रेयर होता है अभी हमने एक कंपाउंड पढ़ा था इसमें एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया था ठीक है वी बी टी के अकॉर्डिंग जो आप जितनी भी थ्योरी पढ़ते हैं जितना भी आप इसमें पढ़ते हैं इसमें टीचर अपने पास से कुछ नहीं पढ़ाता है जो बुक में होता है केवल वही आपको समझाते थे ये थ्योरी फुलफिल्ड नहीं थी पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी इसकी कुछ वीकनेस थी जैसे कि आप समझते भी तीवी तीवी तीवी ती� यार ये कंपाउंड तो समझा देती है थ्योरी ये नहीं समझाती है तो आप सही समझते हैं थ्योरी प्रत्येक कंपाउंड को नहीं समझा पाती हैं ये जिससे इनके बाद में भी और नई नई थ्योरी आती रहती हैं अगर कमी खत्म हो जाएगी तो फिर अगली कोई भी थ्योरी नहीं आएगी अभी हम इसमें दिस थ्योरी गिव नो एक्सप्लेनेशन ऑफ केस ऑफ मैक्सीम पेयरिंग मैक्सिमम पेयरिंग के भी केस में थ्योरी फेल हो जाती है दिस थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन रिएक्शन रेट और ये रिएक्शन रेट भी नहीं समझाती है किसका मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इट डज नॉट एक्सप्लेन थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स थर्मोडाइनेमिक्स प्रोपर्टी भी ये एक्सप्लेन नहीं करती है कॉम्प्लेक्स की इट डज नॉट टेक इंटू कंसिडरेशन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ डी एनर्जी लेवल और ये ये भी नहीं समझा पाती है कि जो डी एनर्जी लेवल है वो स्प्लिट किस पेस पे हो जाती है It is well known fact that both of ऑफ and magnetic moment of transition metal complex is due to d orbital electron. It means there should be a connection between स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ठीक है अनफॉर्चुनेटली दिस कंडीशन इज नॉट एक्सप्लेन बाय पावलिंग थ्योरी तो जो पावलिंग की थ्योरी थी वो इसे भी एक्सप्लेन नहीं करती है वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा थैंक यू